साधु बोला सहजश पाए साधु का बोला ना जाए बोलाए प्यारी साध संगत जी स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरु ज्ञान का पूर्ण संत और सूफी फकीरों की जबान से निकला हर एक बचन सत्य और कुल मालक को मंजूर होता है गुरु पीर अपने सतगुर के ध्यान में मस्त और मालक की रजा में रहते हैं और कुदरत से निस्वार्थ प्रेम करते हैं प्यारी साध संगत जी पूर्ण पीर फकीरों के बचन तो सच्चे और पूरे होते हैं ऐसी ही एक वार्ता आती है पूर्ण फकीर बाबा जी की। एक बार बाबा फरीद जी ने सोचा कि आज अपने पीर के दर्शन करने के लिए उनके दरबार में जाएंगे इसी सोच के साथ बाबा फीर जी अपने कुकिया से निकले और जंगल के रास्ते से होते हुए अपने सतगुर के दरबार को जाने लगे चलते चलते उनको दोपहर का समय हो गया बाबा फिर जी एक पेड़ की साया के नीचे बैठ गए अपने अल्लाह पाक मुशिद को याद करने लगी। उसी समय वहां पर एक पक्षी उसी पेड़ पर आकर बैठ गया और जोर जोर से शोर करने लगा पक्षी की तीखी आवाज सुनकर मस्त फकीर जी ने उस पक्षी की ओर देखा और अपनी इबादत में मसरूम हो गए पक्षी और जोर से शोर करने लगा एक बार फिर बाबा उस पक्षी की तरफ देखा फिर अपने सतगुर को याद करने लगे पेड़ पर बैठा पक्षी बहुत जोर जोर से चिलान लगा तीसरी बार फिर बाबा फ्रीद जी ने उस पक्षी की ओर देखा सहज ही जबान से वचन निकला कि तुम मर क्यों नहीं जाता मैं अपने पीरो पीरोद को याद कर रहा हूं और तुम मेरी इबादत में रुकावट डाल रहे हो तुम मर क्यों नहीं जाते बाबा फ्रीद जी ने इतना कहा और पक्षी पेड़ से नीचे गिर गया और एक ही पल में मर गया फरीद जी अपने मुर्सद को याद करते रहे जब उनकी इबादत पूरी हो गई तो उनकी निगाह उस मरे हुए पक्षी के ऊपर गई और सोचने लगे के ए फ्रीद तुमने बहुत बुरा कर्म किया है तुम अपनी जुबान से अपने मुर्सद को याद कर रहे थे और पक्षी अपनी जुबान से अपने को याद कर रहा था हम दोनों ही अपनी अपनी जुबान से अपने अपने सतगुर को याद कर रहे थे अ फरीद तुमने अच्छा नहीं किया यह सोचकर फ्रीद जी को अपनी करनी पे बहुत दुख हुआ उन्होंने अपने सतगुर को याद किया और अपने सतगुर के नाम से मरे हुए पक्षी को जीवित होने के लिए कहा कहने की देर थी उसी सन पक्षी उठा और जीवित हो गया और उड़कर उसी पेड़ पर बैठ गया फ्रीद जी बहुत खुश हुए फिर बाबा फरीद जी अपने मुर्शिद का सुराना करते हुए अपने पियो मुर्शिद के यहाँ जाने लगे तो प्यारी साध संत जी संतों के बचन अटल होते हैं जो बदलते नहीं अब आपसे इजाजत लेते हैं वार्ता में अनेक भूलों की खिमा जाचना बखेंगी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अच्छी लाइक और कमेंट करेंगी ऐसी ही गुरु ज्ञान की वीडियो देखने के लिए अपने YouTube चैनल गुरु ज्ञान को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर दबाएगी तो प्यारी संगत जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुरु राखा जी धन्यवाद